प्रिय विद्यार्थियों वंदे मात्र आर ए एस दो मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है और अब जल्द ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी इस कारण हम लोग भी आश्रम में 2022 2022 का नया बैच 8 सितंबर गुरुवार से प्रारंभ करने जा रहे हैं जब भी कोई नया बैच शुरू किया जाता है तो बच्चे का यह प्रश्न रहता है विद्यार्थी का यह क्वेश्चन रहता है कि सर परीक्षा की संभावित तिथि क्या है तो हम लोग आरएएस 2022 की संभावित परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2023 रविवार को मानकर चल रहे हैं अब इस नए बैच का क्या कार्यक्रम होगा ये बताने के लिए मैं उपस्थित हूं लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दू कि ये बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा यानी दोनों प्रकार से ये बैच चलेगा तो जो बच्चे ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं अंतर रहेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन की तैयारी के संदर्भ में वो भी मैं आपको बता देता हूं देखिए आश्रम में एक प्रणाली के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है जब भी कोई बच्चा किसी बैच में प्रवेश लेता है तो उसे आश्रम के के ऐप शेड्यूल कॉलम में एक शेड्यूल मिलता है ये शेड्यूल दरअसल एक कार्य योजना है, और इस कार्य योजना के अनुसार ही बच्चे को काम करना होता है क्योंकि इस शेड्यूल के अनुसार हर चौथवें दिन आश्रम के द्वारा एक बड़ा पेपर आयोजित करवाया जाता है और इस बड़े पेपर से पहले उसी शेड्यूल को छह छोटे खंडों में बांटकर दो हफ्ते में छह छोटे पेपर्स भी लिए जाते हैं तो ये शेड्यूल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जैसे ही बैच में प्रवेश लें सबसे पहले आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में जाएं इसके अतिरिक्त आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी ताकि आप विषय वस्तु को समझ सके अब इस कार्य योजना के आधार पर हम पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर 18 सितंबर 2022 को आयोजित करवाएंगे ये पेपर पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पहले बड़े पेपर में, पहले बड़े शेड्यूल्ड पेपर में हम लोग फोकस करेंगे बेसिक्स पर देखिए सिविल सर्विसेज चाहे आरएएस हो चाहे आईएएस हो उसके चार मुख्य पिलर हैं जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बस इन्हीं चार पिलर्स पर हम लोग अपने प्रथम शेड्यूल में काम करेंगे और इसके अतिरिक्त राजस्थान अध्ययन का कुछ मैटर भी आपको तैयार करवाएंगे अब बारी आती है दूसरे बड़े शेड्यूल्ड पेपर की जो दो अक्टूबर 2022 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा इस पेपर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का पेपर तो आयोजित करवाएंगे ही करवाएंगे इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का पेपर भी होगा मैं कह रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी में जो अंतर रहेगा वो यही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है दरअसल हम लोग ऑनलाइन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवा देंगे वे इसकी हार्ड कॉपी निकाल पाएंगे लेकिन हम इसे चेक नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑनलाइन में आश्रम के सीमित संसाधनों की वजह से मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक होना संभव नहीं है हाँ, जो दिशा निर्देश है, वो आपको मिलते रहेंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी लेखनी को मजबूत बनाना है किस प्रकार से अपनी शब्द शक्ति अपनी विचार शक्ति अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने प्रस्तुतिकरण को सुंदर बनाना है हा लेकिन जो ऑफलाइन बैच है उसमें मुख्य परीक्षा की कॉपी की जांच हम लोग करवाएंगे ये अंतर रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बाकी प्रारंभिक परीक्षाएं तो एक जैसी ही होगी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और साथ ही आपको बताई जाएगी कि आपकी रैंक क्या है फिर बारी आती है तीसरे बड़े पेपर की जो कि सोलह अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का और चौथा बड़ा पेपर इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा पांचवा बड़ा पेपर 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा छठा बड़ा पेपर 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा सातवां बड़ा पेपर 11 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और आठवां बड़ा पेपर 25 दिसंबर 2022 रविवार को आयोजित किया जाएगा एक बात मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा में हम लोग काम करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा का काम भी परंतु अगर प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बहुत जल्द घोषित तो हो जाती है तो फिर इस कार्यक्रम में थोड़ा सा फेर बदल किया जा सकता है उसके लिए भी आपको तैयार रहना है अक्सर मैं देखता हूं कि कई बच्चे आते हैं कि सर हमें तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है प्रारंभिक परीक्षा तो हमने पिछली बार भी पास की थी और मुझे लगता है कि ये बच्चों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है प्रारंभिक परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे कई बच्चे मुख्य परीक्षा पर काम करते रहते हैं और प्रारंभिक परीक्षा हाथ से निकल जाती है अब 25 दिसंबर को आठवें बड़े पेपर के साथ आपकी प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की ये पेपर होंगे 27 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 2 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023। इस प्रकार से चार संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रारंभिक परीक्षा के बड़े पेपर हम आयोजित करवाएंगे और संभावित रूप से आठ जनवरी 2023 रविवार का दिन हम लोग परीक्षा का दिन मानकर चल रहे हैं इस प्रकार से इस कार्यक्रम में कुल तिर छोटे पेपर होंगे आठ शेड्यूल्ड बड़े पेपर होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के चार बड़े पेपर्स आयोजित किए जाएंगे तो ये था हमारा आर एस दो का कार्यक्रम बाकी हमारी बातचीत चलती रहेगी तो आश्रम में प्रवेश लेने की विधा विधा क्या है इस विधा को बताने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक विद्यार्थियों मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में विद्यार्थियों आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे भाटिया आश्रम का करेंगे। करेंगे, आपके पास बाई और नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा रजिस्टर पे क्लिक करें रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाहिए जानकारी आपका नाम ईमेल आई डी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड उसी पास्वर्ड की अर्थात कंफर्म कंफर्म का ऑप्शन आएगा भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी ओटीपी आएगा उस OTP को आप आई एग्री प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया अब आपने कोर्स को परचेज करना है जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बायो कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है कोर्स पर क्लिक करने के के बाद आपके आगे आश्रम द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करें यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करें कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की विद्यार्थियों आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे आप ऐप के मुख्य प्रश्न पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड आपको उपलब्ध रहेंगे इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट टेस्ट विद्यार्थियों का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दे यहा एक चीज मैं आपको बता दू यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम आश्रम की कार्य योजना शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी चौदह दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और चौदवें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे किन किन किताबों के टॉपिक आएंगे तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य प्रश्न पर उपलब्ध रहेगा इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है आप एप पर बाई और मेन्यू बार पर क्लिक करें सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे आप अपने बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं है, वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर जीरो पंद्रह जीरो नौ दो सौ बाईस तीन सौ पिछहत्तर नौ सौ सत्तर बीस नौ सौ छियानवे पिछहत्तर और चौहत्तर सैतीस दो सौ सत्तासी पर कार्यालय समय नौ से छह बजे के मध्य प्रातः नौ बजे से साय छह बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ई मेल मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को के सत्तानवे बहत्तर निन्यानवे ट्रिपल जीरो चार पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी धन्यवाद जय हिंद जय भारत